बाबा भक्तों के आने का टाइम हो गया गेट खोल दे बाबा हाँ, खोल खोल तुम तुम गेट गेट खोल दे तुम। ना ना लगी है ना यहां पोछा लगा है तुम गेट पहले खोल दे। सब सामान बिखरा पड़ा पड़ा है है कमला पसंद पड़ा है। लेकिन तुम गेट खोल दो सब आ जाए और देख ले यहाँ तक कि हमारी दाढ़ी अब तक हमारे पास नहीं आई दाढ़ी तो चूहे कुतर दीन वाह नहीं, नहीं वा, दाढ़ी चूहो ने कुतर दी क्या बात है अब हम यहाँ बिना दाढ़ी के बैठेंगे हैं? तो अब किया भी क्या जा सकता है बैठना ही पड़ेगा हाँ, क्यों नहीं? किया भी क्या जा सकता है अब बाबा से बउवा बनके बैठना ही पड़ेगा हमको और जब लोग पूछेंगे तो, तो कह देना कि आज बुरा था इसलिए दाढ़ी कटवा दिया बाबा इतना परेशान का रहते हो तुम बात बात पे बाबा आप गेट खोल दे बाबा गेट खोल दे तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं जो खड़े होम से।, से कोई कुछ कही नहीं रहा तो तुम्हारे कुछ अक्ल नहीं आ रही कुछ कर ले उठा ले, ले। क्या कर ले और ये ये ये ये ये सब क्या ये सब सब सब सब सामान सामान पड़ा पड़ा पड़ा हटाओ हटाओ क्या क्या है? ये सब पड़ा है है? भगवान की की बोतलें नमकीन बिस्किट कमला पसंद की सब जाके रखो जाके जाके कहीं कहा रखे जाके देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है पहला की हमारी खोपड़ी ठीक है सर पे रखे दे रहे पास पड़ेगा अरे पागल छपे रखो जाते छतपे ना रखो बहुत बार बार उतरना बैठना पड़ता है तुम कहीं ना उतरो बैठो तुम यही खड़े रहो हम यहां अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले रहे हैं तुम यही पाएंगे इसको ठीक ठीक अरे दादा उधर रखो जाकर फट जाएगा बता दे रहे हाँ। गेट खोलना होगा ना नहीं हम वो नहीं कह रहे अच्छा तो क्या कह रहे हो प्रभु बाबा हम ये कह रहे थे कि कितनी देर बाद गेट खुलवाओगे कहा तुमको तुम बात लगी है क्या जो दिक्कत हो हो दिक्कत रही नहीं तो खड़े रहो थोड़ी देर एक से एक भंग पड़े माया हो गया सारा काम हाँ। और तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं था अभी गया तू वहा रखने कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं ठीक तो है ठीक है सब ठीक है आओ यार तुम लोग पे भरोसा भी करना बेकार है। शीशा। मेरे बाल कहा है <laughs> बाल बाबा के बाल ही गायब हो गए <laughs> बक्स के पीछे पड़े होंगे बाल कल गिर गए थे ले लो लोगों से कहीं ना कि हम ध्यान लगाएं सब लोग अपनी पोजिशन लियो और तुम गेट खोलो गेट खोलो महाराज अच्छा अच्छा गेट खोले ठीक आ... बाबा बाबा मुंडी नीचे करके है बैठे हैं बाबा ध्यान कागा जब हम लोग अंदर आते तभी बाबा का ध्यान लगाते। अभी तक तो चिल्ला रहे थे खूब और बाबा की दाढ़ी कहाँ चली गई? आज बाबा को व्रत है इसलिए बाबा ने दाढ़ी कटवाई है। अच्छा ज्यादा वगैरह तुम ना करो जो दिक्कत है बोलो निकल निकलने यहाँ से। बाबा हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो हम क्या करें हमारी बड़ी मजबूत है जैसी आर्थिक स्थिति चले आए उठा के आपकी भी कमजोर है क्या नहीं हम तो राजा हैं महलों में में रहते हम हम सोने के कपड़े पहनते चांदी का मुकुट लगा देखो आए घर कहने को कोई चीज ही नहीं है एक कच्चा खरीदना चाहते दो सौ रुपए का आता है दस दिन से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं एक एक रुपया इकट्ठा हो रहा अभी तक कच्चा नहीं खरीद पा अच्छा मतलब बाबा दो का कच्छा पहनते ओ नहीं तो क्या तुम बाबा को छोटा मोटा समझे और क्या भाई बाबा बाबा है ए, तुम निकलो यहाँ से और तुम तुम यहाँ आओगे ही नहीं तुम यहाँ नहीं आओगे तुम्हारी शक्ल गंदी है दूसरा कौन है वो हुआ पहली बात तुमसे कायदम बात कर लिये और दूसरी बात कि हम जानते हैं आपने अपनी धोती के नीचे जींस पहनी तो जीन्स नहीं क्या, तो पहन सकता कोई इंसान? बाबा हो, तो बाबा जींस पहनोगे ढोंगी हो क्या देखो ऐसा है ठंडी लगती है इसलिए पहनते तो अभी तो ठंडी का सीजन शुरू भी नहीं हुआ है। गर्मी ही चल रही मतलब पक्का ढोंगी हो अरे मत... तो मच्छर काटते हैं तो मोर्टीन लगाओ जींस पहनने की क्या जरूरत है कहा मोर्टीन लगा ले बताओ। लगा ले लगा ले बताओ लगा लगा के के के नीचे मर जाए खुद और क्या पास चल मिलते हैं अभी से। ए, चलो चलो चलो लेको तो बस प्रसाद लेना है अच्छा तो कुछ चढ़ाने वहाने के लिए लाए प्रसाद लेना लाए तो नहीं है वाह मतलब हम सबको फ्री में प्रसाद बांटेंगे क्या बात क्या बात है यहाँ भंडारा चल रहा है जो प्रसाद लेने आ चलना क्या भंडारा ही समझो बाबा ने प्रसाद दिया है भाई बाबा प्रसाद दिया बाबा ने, ने अपने बाल अर्पित कर दिए बाबा ने अपने बाल प्रसाद में अर्पित कर दिए कि वि गिर गई बाबा की हमने हमने अपने बाल अर्पित किए हैं वो प्रसाद मांग रहा था इसलिए नहीं नहीं है तो ये विग ही क्यूँकी इसमें कंपनी का नाम भी लिखा है मतलब बाबा ढोंगी है बाबा ढूँगी बाबा ढोंगी है बाबा ढोंगी बाबा ढोंगी अब क्या बाबा पीटे जाएंगे और बाबा सुते भी जाएंगे